ध्यान दीजिएगा अर्ज़ किया है कि पता नहीं मरने के बाद कि पता नहीं मरने के बाद क्यों ज़िंदा रखती है ये ज़िंदगी और पता नहीं मिलने के बाद क्यों जुदाई लिखती है ये ज़िंदगी कि पता नहीं मरने के बाद क्यों ज़िंदा रखती है ये ज़िंदगी और पता नहीं मिलने के बाद क्यों जुदाई लिखती है ये ज़िंदगी और हर एक राज सुना हमने कि हर एक राज सुना हमने उन प्यार करने वालों से कि हर एक राज सुनाता हमने उन प्यार करने वालों से फिर भी न जाने क्यों प्यार करने को मजबूर करती है ज़िंदगी और फिर भी न जाने क्यों प्यार करने को मजबूर करती है ज़िंदगी